ग्रुप में ऐसे भेजेगा साले को उठा उठा के पड़ दूंगा देख ले अगर किसी ने ग्रुप में कुछ भेजा तो इसकी तरह हाल कर दूंगा जानता नहीं मेरे को ग्रुप में गलत बात भेजेगा साला